Goodbye, Venus, हमेशा के लिए तुम्हारा स्वागत है उसने जवाब क्यों नहीं दिया जाने दो वो एक सदमे से बाहर आया है ठीक है तो क्या हम दोस्त हैं बेशक हम हैं सुंदरता की देवी <laughs> मुझे लगा कि ये सब खत्म हो चुका है ओ ये तो हम कभी नहीं मानेंगे माय लेडी Okay, इस मिशन में काम करके बहुत मजा आया, लेकिन अब समय oh, है। है? रुको, क्या क्या वो जिंदा आसान हाँ, नहीं था, पर मैंने वीनस सरवाइव कर ही लिया। oh, हाँ, सुन के अच्छा लगा तुम हीरो हीरोनाटिया मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए नहीं तुम नहीं हो आ, वो कैसे बच गया मतलब आ, वो कैसे बचा होगा है ना